दोस्तों अगर आपकी वीडियो में पांच से दस व्यूज आते हैं आपको जो आज मैं ट्रिक बताने वाला हूं उसको यूज करने के बाद आपकी वीडियो 100% परसेंट वायरल होगी इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा जब आप अपनी वीडियो को अपलोड कर देते हैं उसके कुछ घंटे बाद आपको YouTube यूथ स्टूडियो को ओपन कर लेना है और वीडियो के एनलिटिक्स वाले ऑप्शन में जाना है रीच वाले ऑप्शन आरोप क्लिक करना है वहाँ पे नीचे यूट्यूब सर्च टर्म का ऑप्शन होगा वहाँ क्लिक कर देना है और टॉप के दो की को कॉपी कर लेना है और अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और टैग पे उन की को डाल देना है इससे यूट्यूब आपकी वीडियो को दोबारा इंप्रेशन देगा और आपकी वीडियो के वायरल होने के 100 परसेंट चांसेस बढ़ जाएंगे और YouTube से रिलेटेड ऐसी टिप्स एंड ट्रिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।